बच्चों के द्वारा एग्जाम में दिए गए फाइनेंसर को देखकर आप भी बोलोगे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं। नंबर वन एग्जाम में प्रश्न आया था आप धरती के तापमान को कैसे नापोगे तो इस बच्चे ने चित्र बना दिया यहाँ पे लिख दिया हाई गर्मी हाई गर्मी नंबर टू यहाँ पर सर्वनाम के वाक्यों में भेद भरने थे हम आज ही केरल आए हैं तो फिर चले जाओ तुम क्या खाओगे पाओ भाजी जैसा करोगे वैसा भरोगे ठीक है मैं स्वयं बाजार जाऊंगा चली जा फिर नंबर तीस वाले बच्चे ने तो कुछ भी नहीं लिखा और सीधा लिख दिया पुष्पा पुष्पा राज्य में लिखेगा नहीं साला ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए